फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ सोयाबीन और मसूर दाल से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप ये सब्जी बना के एक बार जरूर देखिएगा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो रेसिपी देखिए पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए ना करते आज की रेसिपी शुरू करते हैं आज के रेसिपी के लिए लिया है मैंने यहाँ पे आधा कप सोयाबीन सोयाबीन को पाँच मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और जब सोयाबीन हमारा अच्छे से फूल जाए तब हम अच्छे से निचोड़ के ले लेंगे और लिया मैंने एक कप मसूर दाल दाल को अच्छे से दो तीन बार साफ पानी से धोने के बाद मैंने तीन घंटा पहले भिगो के रख दिया था दाल हमारा अच्छे से फूल चुकाए देखे और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे मैंने निकाल दिया है ले लेंगे हम मिक्सी के जार और इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे और हल्का दरदरा हम इसे पीस लेंगे फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है हमें हल्का दरदरा रखना है तो सोयाबीन को मैंने दरदरा पीस लिया है देखिए फाइन पेस्ट नहीं तैयार किया है और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है अब हम इसी जार में दाल को भी पीस लेंगे जार को बंद करेंगे और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे दाल को भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है तीन से चार चम्मच पानी डाला और अच्छे से पेस्ट बनाया बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है यहाँ पे दाल डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर साथ ही डालेंगे हम यहाँ पे तीन चम्मच बेसन एक छोटे साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मुझे बैटर पतला लग रहा है तो एक चम्मच बेसन और डालूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे डालेंगे हम एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से थोड़ा सा बैटर को हाथ में उठाएंगे और देखिए इस तरीके से हम सेब बना लेंगे देखिए। तो सभी इसी तरीके से हमें बना लेना है देखिए। सभी मैंने बना लिया है अब हम एक पैन में लेंगे तेल तेल को हम पहले मीडियम गर्म कर लेंगे तेल जब हमारा गर्म हो जाए हम एक एक करके डाल देंगे एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डालेंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करके फ्राई करेंगे एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ अच्छे से पलट पलट के फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा कलर एक ना आ जाए दो मिनट बाद हम एक एक करके सभी पीस को पलट देंगे और नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है और दूसरी तरफ भी हम एक से डेढ़ मिनट फ्राई कर लेंगे चार से से मिनट हो हो हो गया गया है है। और अच्छे हमारा फ्राई आप देख सकते बहुत ही अच्छा कलर निकाल लेंगे हम। पैन में से एक्स्ट्रा तेल को मैंने निकाल दिया है अब हम इसी तेल में डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी के दो छोटी इलायची साथ ही डालेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच साबुत जीरा दो पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हिंग अच्छे से सब चीजें जब हमारा फ्राई हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे एक बड़े साइज के प्याज को पेस्ट बना के थोड़ा सा जार में पानी डाल के पानी भी डाल लेंगे गैस का फ्लेम हाई करके हम प्याज को दो मिनट पहले फ्राई करेंगे दो मिनट मैंने प्याज को हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है डालेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन डालने के बाद दो मिनट और हम भूनेंगे अदरक लहसुन डालने के बाद दो मिनट और भून लिया है अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले तो मैं यहाँ पर डेढ़ चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल लियो आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी डेढ़ चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और एक चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और मसाले को अच्छे से दो मिनट और भूनेंगे मसाले जब हमारा अच्छे से भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा जार में पानी डाल के डाल देंगे पानी गैस का फ्लेम हाई करके मसाले को हम तीन से चार मिनट भुनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला मसाले अच्छे से हमारा बूंद चुका है आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे अब हम डालेंगे यहाँ पे करीब डेढ़ कप पानी ग्रेवी में पहले हम एक बॉईल आने देंगे ग्रेवी में बॉईल आ चुका है एक एक करके सभी पीस हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम ढक देंगे चार से पांच मिनट के लिए एक बार मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे हम चार से पाँच मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे पाँच मिनट बाद हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा कचूरी मेथी और डालेंगे हम यहां पे एक चम्मच देसी घी घी डालने के बाद हम एक बार मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे बना के जरूर देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो तो एक बार मिक्स कर लिया है गैस का में हम बंद कर देंगे हमारे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में और आप देख सकते हो ये देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है लेकिन मानिए ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार